भाई भाई या। है यार भाइया चौबीस घंटे जनवरी के स्कूल अगर भाई का ना भाई तो तू बाग्य तू क्या कर है यार तो सारे मोहल चलाए ये तो बता रही है तो तो तो तो जन्नी। ना उसे राँ जल्दी आई जल्दी राँ जल्दी, जल्दी आ जा पर राम राम राम राम भाई राम राम राम राम भाई साहब यहाँ पर आइए मैं, मैंने तुमसे कहा था यहाँ का पूरा काम करवाना देखो हमने पेंटिंग करवा दी हो सफाई हो रही है लेकिन कहाँ हुई है वो देखो वो? हो रही है अभी हम आए तब वो बैठा था मोबाइल चला रहा था साल हम आए तब उसने किया ये सब तो तुमने कहा तो सत्ता है सफाई देखो कितनी साफ कर दी ये नहीं चलेगा प्रधान कार्य तो दिखाइए तुमने, तुमने क्या कार्य किया हुआ करवा दी न तुम्हारी वोट कहा देखो कितने वोट है तुम्हारे के देखो पचास हजार पचास वोट है चलो ठीक है तुमने, तुमने कुछ अच्छा काम अच्छा काम किया बहुत बढ़िया आदमी है चलो चलो इसे कहते, कहते हैं काम नहीं करता है तो जल्दी सफाई हो जाए एक घंटे के अंदर सफाई होनी चाहिए एक घंटे के अंदर समझा समझा कि नहीं चंडीगढ़ फिरी फिरी के पैसे लेता है नौकरी ऐसी हटा देगा अच्छी तरह काम करना चलो हेलो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और तब तक के लिए शासन का इंतजाम करो शशन हो